जो हम पर भरोसा करे उसका हाथ खाली नहीं भेजते हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो थाम देते हैं और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट देते हैं